नकी गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मय गुरुवैन छत्तीसगढ़ की साधकों की ओर से निखिल चेतना केंद्र की ओर से यह जो राज्य या राजलोचन में शीर संपन्न किया जा रहा है होली की रात्रि का यह अपनी विशेषता लेकर है क्योंकि वर्ष में तीन रात्रियों को विशेषता प्रदान की जो तंत्र की रात्रियां कहलाई गई है शिवरात्रि होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि उसी प्रकार की नवरात्रियाँ भी श्रेष्ठ हैं शक्तियों के अनुसार अपने अपने महालक्ष्मी महाशिव महाकाली के अनुसार इस होली की रात्रि हम सारे तंत्रों को एक ही जगह अगर लेकर कोई साधना संपन्न की जाए तो हमारे जीवन में होने वाली तंत्र बाधाएँ हो, या हमारे जीवन में आने वाली अड़चने हों उस सभी को समाप्त किया जा सकता है चाहे वह हमारी दरिद्रता हो हमारी रोग बाधाएं हो हमारी शत्रु बाधाएं हो और हमारे के अनेक प्रकार की अड़चनें हो, जो हम अच्छे काम करना चाहते हैं फिर भी हमारे जीवन में काम करते समय जिस प्रकार की समस्याएं आती है और उस समस्याओं का समाधान नहीं होता तो इस एक रात्रि की साधना अगर हम सम्पन्न कर लेते हैं तो वर्ष भर वर के लिए हमारे घर में या हमारे साधनाओं में किसी प्रकार की समस्याओं का समस्याओं का आना या समस्याएं नहीं मिटना ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ मैं आज आपके सामने बैठा हूँ कभी परम पुण्य सलगुरुदेव जी शिविर किया करते थे तो मैं भी आपकी तरह शिविर में बैठा करता था सभी से, सभी के आखरी के कतार में बैठता था और साधना शिविर के बारे में सुनता था उनके जीवन में उन्होंने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है उन्होंने साधकों को ढूंढाया और साधकों को तैयार किया ऐसा नहीं कि सिद्धों को ऐसा नहीं कि इन उन लोगों को जो शक्तिपात करते हुए इतने सिद्ध हो गए कहने वालों को नहीं ढूंढाए उन्होंने कहा है कि साधना करने वाले साधक मुझे चाहिए और एक बार भारत में साधक निर्माण हो जाए तो आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसे बीजे महान वृक्ष तैयार होंगे और वो सभी के लिए एक प्रकार का छांव ही नहीं एक प्र, हर प्रकार की अनुवा एक जड़ी बूटी बनेंगे एक वृक्ष महान वृक्ष बनेंगे और बहुत सारे लोगों को उनकी छत्र में जीने का अधिकार होगा ऐसे साधकों का निर्माण गुरु जी का गुरु जी की इच्छा थी और जब थी मैं गुरुजी भी मैंने गुरु जी के जितनी भी पत्रिकाएँ पढ़ी हैं या उनके प्रवचन सुने हैं उनके शिविरों में भाग लिया हूँ और हैदराबाद में भी गुरु जी के हाथों शिविर किए हैं तो उनका चिंतन ये ही बना रहता था कि जोशी अच्छे साधक चाहिए बिना साधना के संसार में कुछ नहीं हो तपस्या से भी कुछ प्राप्त होता है हम तपस्या से भगवान को भी बाध्य करते हैं कि वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए ये केवल साधना के मार्ग से हो सकता है बिना साधना के मार्ग से ये नहीं हो सकता हम केवल शक्तिपात या किसी कार्य के माध्यम से हम करें तो हमारे सामने ये कार्य नहीं हो सकता हमें साधना के मार्ग से हम इस चीज को इस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं मैं आज इस होली की रात्रि में भी आपसे यही कहने आया हूं कि शायद निखिल चेतना केंद्र से जितने भी जुड़े हुए या चेतना केंद्र को आए हुए हों उनके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य था कि हम छोटे छोटे कमरों में रहते हैं हमारे घर में अपनी समस्याएं हैं अपने समस्याओं को लेकर हम जूझते हैं और हमारे को साधनाएँ संपन्न करने में कठिनाइयाँ होती है चाहे घर छोटा हो या घर की समस्याएं हो माता पिता हो गली हो समाज हो ये सारे हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम साधना नहीं कर सकते मैं चाहता था कि एक साधना के लिए एक साधना ऐसी हो जहाँ वो रात के बारह बजे भी साधना कर सके सुबह ब्रह्म ब्रह्मपुत्र में भी साधना कर सके मध्यान्ह में और उसको कोई टोक न सके साधना करते समय कोई टोकने वाला ना हो ऐसी एक साधना स्थली हो यही उद्देश्य लेकर मैंने परपुज सदगुरुदेव से पूछा था और उसी उद्देश्य से लेकर मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की इसके पीछे मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं था कि कोई मई गुरु बनना चाहिए मुझे लोग गुरु कहें ये मेरे ये मेरा कदया कदापि कतई उद्देश्य नहीं था आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो एक गुरु भाई के नाते बैठा हुआ हूं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना भी किया हूं तो केवल गुरु भाई के नाते कि मेरे भाइयों को साधना के लिए स्थली प्राप्त हो साधनाएं करने के लिए उनको एक जगह आज न मैं असमर्थ किया हूं तो गुरु जी ने कहा मार्ग पर ले जाऊंगा मैं भी जाऊंगा उनके साथ मैं भी आऊंगा गुरु जी को बता दूंगा कि साधना में शक्ति है खाली बातें बनाना बैठना जाना ये नहीं है आप साधना है मैं केवल पहले से भी कहता हूँ साधना के लिए आप महीने में पांच दिन मुझे दे दो मैं तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान मैं बता दूंगा क्योंकि गुरु जी की ऐसी ही साधनाएं दी हुई है तुम्हारे तो छोटी छोटी समस्या ये तो समस्या छूट जाएगी तुम ऐसे बनो एक देवता लोग कहें तुम्हें लोग कहें कि देवता है ये मेरे लिए काम करता है आज भी हम सुनते हैं अगर हम किसी के कष्टों में किसी के दुख में अगर हम जागरूकता साथ देते हैं तो वो कहता है कि ये मेरे लिए देवता है इसने मेरे को दुख में सहायता की है हम ऐसे बने आज हम देखते हैं कि थोड़ी परिस्थितियां ऐसी है कि हम अपनी पत्नी पत्नी बच्चों को खिला नहीं सकते अपने बच्चों को चला नहीं सकते अपने बच्चों को एक आनंद प्रदान नहीं कर सकते सुख प्रदान नहीं कर सकते और हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि हम क्या जीवन जी रहे हैं मैं कहता हूं ये जीवन नहीं है परिवार को तो जीना जीना ही है लेकिन ऐसा भी जीना चाहिए कि हमारे साथ सब लोगों को लेकर जिए वो जीवन है वो सामर्थ्यवान पुरुष है और सामर्थवान गुरु जी का शिष्य है वो जो करता है वो एक सामर्थवान व्यक्तित्व तो है और वो सामर्थ्य हम प्राप्त करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम वो सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते केवल हमारे में कमी ये है कि हम दो साधनाएं करते तीसरी साधना को छूट जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं बहुत साधनाएं की मेरे को कुछ फल नहीं मिला कहते हैं कि वशिष्ठ महर्षि हजार साल एक तारा साधना की तपस्या के लिए गिरे और हजार साल में सफलता में नहीं मिली तो तारा मंत्र को श्राप्त देने तो ब्रह्मा जी अगर कहते रुक जा वशिष्ठ रुक जा तुने क्या गलती की मैं तुझे बताता हूँ तुझे इस किस विधान से साधना करनी थी तू विधान से साधना नहीं किया इसलिए तुझे तारा सिद्ध नहीं हुई मैं बताता हूँ तुझे तारा सिद्ध कैसे करना है और तू तुँ उस मार्ग से तारा, को, तारा का साधना संपन्न कर और वशिष्ठ जी ने आयन में जो साधना संपन्न की तो उन्हें केवल चालीस दिन में साधना संपन्न हुई लेकिन यही बात उनके प्रतिद्वंदी कहो एक मारे में महर्षि होने के बाद भी ब्रह्मषि होने के बाद भी विश्वामित्र जी जब विश्वामित्र जी थे तो विश्वामित्र जी को उनके शिष्य कहते हैं कि हे है विश्वामित्र हमारे आपके शिष्य बनकर आपके साथ आ रहे हैं हम जंगलों में भटक रहे हैं हमारी कोई रहने के लिए झोपड़ी नहीं है हम घोड़े को दिए हुए दाने चबाते हुए आ रहे हैं, हमारी भी क्या जिंदगी है और वशिष्ठ आश्रम में देखो कामधेनु लगी हुई है वो लोग सोने की थाली में खाना खाते हैं अमृत पीते हैं और हमारी जिंदगी देखो विश्वामित्र को ठेस लगी मैं महर्षि हूँ मैं मेरे शिष्यों को खिला नहीं सकता तो ये मेरी जिंदगी जिंदगी क्या है और उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी तू भी हो में बैठी हुई हो अगर तुझे मैंने मेरे आंगन में नहीं तो मैं मैं नचा विश्वां नहीं हूं और मैं ये नहीं कार्य नहीं कर सका तो मैं उस तरह तबस्य, इस तपस्या को सबको छोड़ देता हूं ये बात मैंने नहीं कर रहा हूं गुरुजी ने पत्रिका में कही कि लक्ष्मी को किस तरह बांधा जाता है तारका को तारा को किस तरह प्रसन्न किया जाता है और उन्होंने पाँच दिन में केवल पांच दिन में स्वर्णकारा को सिद्ध किया था और स्वर्ण के ईटन से अपना आश्रम बनाकर उनको अपने शिष्यों को स्वर्ण की थाली में खिलाया था ये भी हमारे ऋषि है वो भी यही व्यक्तित्व था वो यही साधना का आ, साधना की स्थिति है और आज हम वो साधनाएं नहीं करते आज साधनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो भाई पांच दिन या ग्यारह दिन दूध पे साधना करनी है तो बस उस समय से मेरे को आरम्भ हो जाता है गुरु एक समय दूध पियोगे दो समय एक समय खाना खोगे दो समय गुरु जी तो तो सो सकता हूं ना थोड़ी देर यहां से पूछना आरंभ हो जाता है आखिर गुरु कहता है तू तो साधना ना करना ही अच्छा है तू मत कर इस स्थिति बोले लेके आते हैं साधना करते समय एक बार गुरु के मुख से निकल गया कि तुझे ये साधना करनी है तुझे, तुझे, तुझे पुष्ट नहीं करना है दूध पे करना है दूध पे करना है करके बता बाद में तो भारत गुरु का है कि तुझे तुझे है या मारता है ये गुरु देख लेता है लेकिन हमारे में बहुत सारे लोग हर कोई भी साधना करो कोई भी साधना बोलो बोलो तुम पांच दिन हमारे के लिए गुरु ऐसा है मैं ए, तीन दिन एक बार दो दिन बार एक दे सकता हूँ क्या अरे मैं महीने में पांच दिन एक साथ देने के लिए कहो गुरु ऐसा कहता दो दिन पहले आता हूँ दो दिन बाद में एक दिन आता हूँ तुम आता बोलता तो केवल पांच दिन महीने में दे सकता नहीं दे सकता तुम तो ही आप इतना ही है तुझे साधना वो तो हजारों साल तपस्या गई है मुझे कह कह रहा हूँ कि केवल साधना के पांच दिन मुझे दे दे इस प्रकार हम देवताओं से भी देवताओं को भी इतना हम मजबूर कर सकते हैं कि वे आए हमारे और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें हम साधना के बल पर क्योंकि देवताओं ने कहा है साबर विधान में अगर नवनाथ संप्रदाय में देखते हैं तो हर बात में उन्होंने कहा है कि हे देवता तुझे मेरे मेरा काम करना है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर होगा चाह गुरु की शक्ति है और मेरी भक्ति है तो तुझे हे ईश्वर तो आना ही होगा ये कार्य करना ही होगा आज वैसे साधकता है